बिग बॉस 16 का हिस्सा बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के दो कंटेस्टेंट जी हाँ मैं बात कर रही हूँ पहले की शालिन बनौत जो कि हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी एम टीवी में 2004 में और वो नागिन नचबली और खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आए हैं और अब वो हिस्सा बनने जा रहे हैं बिग बॉस सिक्सटीन का हमारी सेकेंड कंटेस्टेंट है सुम्बुल तौकी जो की हमारे प्लस की इमली है इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य से फिर ये स्टार प्लस शो में आई थी और अब वो इमली के बाद काफी फेमस हो गई हैं। अब वो नजर आएंगे बिग बॉस सिक्सटीन में अब देखना ये बाकी है कि हमारे मध्य प्रदेश के ये तो कंटेस्टेंट बिग बॉस सिक्सटीन में कितनी धूम मचाते हैं ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए